स्टूडेंट्स आज का क्लास हम लोग करेंगे मॉर्फोलॉजी के ऊपर सो लास्ट क्लास में हमने ये बताया था उसका एक रिपीट करता हूं क्लास को जैसे रूट सिस्टम हम जानते हैं तीन टाइप की सिस्टम है रूट सिस्टम सूट सिस्टम लिब सिस्टम फिर उसके भी आगे हो सकते तो फिलहाल हम लोग रूट सिस्टम की बात करेंगे एक बार और देखो रूट सिस्टम तो रूट सिस्टम को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं एक तो ये रूट सिस्टम है आपकी ट्रू रूट और दूसरा हो गया फॉल्स रूट ट्रू रूट एंड फॉल्स रूट अब ट्रू रूट का मतलब क्या है ट्रू रूट का मतलब है रूट एराइजेज फ्रॉम रेडिकल रेडिकल से जो रूट एराइज करते हैं उसको कहते हैं ट्रू रूट जैसे हम जानते हैं कि एम्ब्रायो में अगर हम सीड में एम्ब्रायो है और एम्ब्राय में देखें तो एम्ब्राय में दो पार्ट होता है एक होता है प्लीम्यूल और दूसरा होता है रेडिकल क्या रेस करते हैं स्टेम प्लीम्यूल रेजेस द स्टेम और रेडिकल क्या रूस करता है रूट तो रूट जो रेडिकल से राइज करेगा उसको कहेंगे ट्रू रूट सिस्टम और जो रूट रेडिकल छोड़ के और किसी से भी अराइज करेंगे सो so, हम कहेंगे रूट अराइज़ेस फ्रॉम एनी पार्ट्स अदर देन रूट वो कुछ भी हो सकता है से फॉर एग्जांपल वो हो सकते हैं वो स्टेम हो सकता है वो ब्रांच हो सकते हैं ठीक लेकिन ये अदर देन रेडिकल रूट रेडिकल रूट अच्छा अदर देन इसको कहेंगे रूट नहीं वी विल से इट आदर देन रेडिकल कंप्लीट है तब सो आदर देन रेडिकल Uh, एक और क्लियर से लिखते हैं उसको हम लोग कहेंगे फॉल्स रूट अब आगे चल के भी root system को हम लोग दो हिस्से में बांटेंगे root system को Number one, this is called as टैप रूट सिस्टम और दूसरा है एडवेंटीशियस रूट सिस्टम टैप रूट में क्या होगा द स्ट्रक्चर में ट्रैप रूट में ये होगा कि सबसे नीचे से अगर हम बात करें उसमें रूट कैप होगा रूट कैप होगा रूट कैप का नाम हमने क्या बताया था रेडिकल सॉरी कैलिक्ट्रा रूट कैप इज कॉल्ड एज कैलिक्ट्रा दूसरा रूट का नेक्स्ट जोन क्या होगा देर आर फाइव जोन्स मैं ये जोन वाइज बात कर रहा हूं फाइव जोन्स यहाँ लिख देता हूं फाइव जोन्स ऑफ रूट तभी ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा पढ़ाई तो रूट कैप है उसके बाद इसकी मेरिस्टेमेटिक जोन है मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक जोन है और तीसरा इलोंगेशन जोन है चौथा रूट हेयर का जोन है इसी जगह से रूट हेयर एराइज करते हैं एंड फिफ्थ इज द मैच्यूरेशन जोन मैच्योर करते हैं मैच्यूरेशन जोन तो पांच जोन हो गया तो टैप रूट की स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा रूट कैप होगा दूसरा रूट कैप के साथ साथ बी, इसमें सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट होगा सेकेंडरी रूट का मतलब क्या है इसमें क्या होगा सेकेंडरी रूट देखो वन के साथ मैंने जोड़ दिया सेकेंडरी रूट सेकेंडरी रूट होगा इसमें and वन सी टारशियरी रूट होगा अब देखो लेम एंड लैंग्वेज में समझो सेकेंडरी रूट का मतलब क्या है सेकेंडरी रूट का मतलब है रूट ब्रांचेस फर्स्ट रूट ब्रांच ये जगह मैंने पिक्चर के लिए छोड़ा है और टारशियरी रूट का मतलब है सेकेंड रूट ब्रांच अगर हम इस तरह का रूट को एक ड्रॉ करें ना दिस इज द रूट टैप रूट सिस्टम तो इस जगह पे इसी जगह पे उसका रूट का कैप रहते रूट कैप दिस इज कॉल्ड एज कैलिप्ट्रा इसको क्या कहेंगे कैलिप्ट्रा और इस कैलिप्ट्रा रीजन के अंदर रूट में There will be टिक जोन ये जोन जो है दिस इज एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक जोन जहां पर कंटिन्यूसली सेल डिड होते रहते मैरिस्टेमैटिक मैरिस्टेमेटिक जोन उसके बाद ये जगह इतना सा जगह में कुछ भी नहीं है ये जगह आपका root of elongation. I mean zone of elongation. ये जोन ऑफ इलोंगेशन जोन ऑफ इलाशन जोन ऑफ इलांगन के बाद इसी जगह से आपका रूट हेयर राइज करते हैं रूट हेयर ठीक है सो दीज आर द जोन ऑफ द रूट हेयर सो ये रूट हेयर और इसके बाद का जो जगह है थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं ये जगह जो आप देख रहे हो जगह नाउ दिस इज दि सॉइल राइट दिस इज द दॉल अब ये जगह जो है दिस इज मैच्योर जोन मैच्योर जोन और जोन ऑफ मैच्यूरेशन ठीक है अब हम लोग सेकेंडरी और टार्शियल रूट की बात करेंगे तो इसी जगह पे हम लोग एक पिक्चर बना लेते हैं सेकेंडरी रूट के अगर हम बात करेंगे सपोज दिस इज दी टैप रूट सिस्टम इससे ना इस टाइप का रूट निकल के आएंगे इस टाइप का रूट सेकेंडरी निकल के आएंगे ठीक है ये तरह तरह जगह में फैल जाएंगे मिट्टी में नाउ दिस इज फास्ट ब्रांच ऑफ द रूट व्हिच इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अब टारशियरी रूट किसको कहेंगे देखो हम ब्लैक से ड्रॉ करेंगे टारशियरी रूट मतलब इसका ब्रांच निकल के आएंगे इस तरह का ब्रांच निकल के आएंगे दीज आर कॉल्ड एज टारशियरी रूट ये जो मैं ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूं ये टारशियरी रूट है सेकेंड ब्रांचेस रूट का so, ये हो गया टारशियरी रूट टी और रेड में हो गया ये हो गया आपका सेकेंडरी रूट नाओ अब हम लोग ये देख लिया रू टैप रूप सिस्टम का अब आते हैं हम एडवेंटि